मैं मुंबई में था बहुत साल पहले की ये घटना है और मेरा एक दोस्त है जिसके जिसका जो बेटा है वो बहुत अच्छा टेनिस खेलता था और ये बिल्कुल सटीक उदाहरण है आज आपको मैं देना चाहता हूं उसका लड़का बहुत अच्छा टेनिस खेला करता था तो वो जब मैं मुंबई में उससे मिलने गया तो मैंने उसको बोला और भाई तेरा क्या हालचाल चल रहा है तेरा बेटा कैसा है तो उसने बोला टेनिस खेलता है शानदार फोर हैंड मारता है बैकहैंड मारता है स्मैश मारता है और उसमें बड़ी संभावना है लेकिन एक दुविधा में हूँ तो मैंने पूछा दुविधा क्या है? बोला कुछ खास एकेडमी नहीं है मुंबई के अंदर मैं चाहता हूं बैंगलोर शिफ्ट हो जाऊकोटे तो तेरे तेरे पोटेंशियल तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा यू हैव टू टेक रिस्क उसने बोला मुंबई से मुझे सब छोड़ना पड़ेगा नौकरी शिफ्ट करनी पड़ेगी घर शिफ्ट करना पड़ेगा बहुत सारा ताम झाम करना पड़ेगा तो मैंने कहा जिंदगी बनाने के लिए जिंदगी धाव पर लगानी पड़ती है ना जब तक रात जा नसीब नहीं जाता यू हैव टू गो तो वो मुंबई से बैंगलोर चला गया अपना सब तामझाम उठा के नौकरी शिफ्ट करने के बाद वो बैंगलोर चला गया अब जब वो बैंगलोर चला गया तो बहुत महीने छ महीने साल डेढ़ साल के बाद मेरा बैंगलोर जाने का मौका लगा है ना तो मुझको मिला तो मैंने उसको पूछा और भाई तेरे बेटे का टेनिस अकेडमी में कैसा प्रैक्टिस चल रहा है तो मुझे छूटते ही आग बबूला हो गया बोला मरवा दिया साल है बर्बाद कर दिया तूने मैंने कहा क्या बात होगी उसने बोला मुंबई बिल्कुल ठीक था फंस गए यहां पर तो बैंगलोर में आके तो मैंने बोला तकलीफ क्या हुई मतलब तकलीफ ये है कि वहां आठ नौ महीने दस महीने की कोचिंग के अंदर लड़का बैकहेंड मार रहा था स्मैश मार रहा था सर्विस रोक पा रहा था मैंने कहा यहाँ क्या तकलीफ है कह रहा है बारह महीने के आसपास हो गया है जो कोच है उसने रैकेट तक नहीं पकड़ा है लॉन्डे को मेरे तो क्या कोचिंग हो रही है तो मैंने कहा करता क्या है सुबह चार बजे बुलाता है बोले दस किलोमीटर दौड़वाता है इतनी बड़ी बड़ी स्टेयर केस में ऊपर नीचे ऊपर नीचे आधा घंटा करता है तीन घंटे में उसका तेल निकाल देते घर बेच देता है कल फिर आइयो रैकेट नहीं पकड़ा रहा तो मैं सोच रहा हूं कि मैं मुंबई वापस शिफ्ट हो जाऊं तो मैंने बोला ऐसी गलती मत करिए तेरा लड़का सही हाथों में है क्योंकि टेनिस खेलना एक आर्ट है वो आर्ट कभी भी डेवलप हो सकता है लेकिन टेनिस खेलने के लिए जैसा शरीर होना चाहिए तेरा कोच तेरे बेटे का वो शरीर पहले बना रहा है एक बार शरीर बन गया तो टेनिस तो कभी भी खेला जा सकता है कभी भी सीखा जा सकता है